कर लेता हूं। लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आती है उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100 पढ़ाई नहीं, नहीं करेगी कर पढ़ना पढ़ना पढ़ा होता है ऐसा सबके साथ होता है तो उसके लिए क्या करें देखोल्यूटली सिंपल आप लोगों को यह समझना है कि लाइफ के हर कदम पे चाहे आप हो चाहे मैं हमारे पास दो चॉइसेस होती है कुछ करने की कुछ ना करने की कुछ अच्छा करने की कुछ बुरा करने की सही रास्ते पे चलने की गलत रास्ते पे चलने की आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल हो कितने फेल हो वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसिस के बेस पर हम क्या करते हैं हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए आती है। करो, बड़ी को छोड़ो। चोटी -चोटी पे आपको खुद की नजरों में उठना है जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा नजरों में आप कब उठोगे जब आपको यह पता होगा कम डिसीजन लेता हूं कम लो। दिन में हजार डिसीजन नहीं लेने आप कम लो, एक लो, छोटे से छोटा लो, छोटे से छोटा डिसीजन लेकिन उसको पूरा अगर एक कमिटमेंट किया आपने आप उस commitment को पूरा करना है छोटी छोटी, छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं आप चाहे कुछ करो या ना करो दोनों ही चॉइसेस हैं। दोनों आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली है अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे तो आपके बात की क्या वैल्यू रह जाएगी खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। कभी भी देख लेना एक अंदर एक कमिटमेंट किया आपने आप से पता है कि यार अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे दर्द होगा बोरिंग है सब कुछ है लेकिन कमिटमेंट किया है ना तो पूरा करना है पढ़ना है कमिटमेंट किया है आठ घंटे पढ़ाई का कमिटमेंट नहीं करना चलो एक घंटे का करना है लेकिन एक घंटे हर हालत में पढ़ना है धीरे-धीरे वो घंटा बढ़ के अपने आप so कब बड़े, तो बड़े हो जाएंगे बाहर देखना छोड़ दो अंदर देखना शुरू कर दो कर दो मम्मी पापा पे दुनिया पे इसे उस पे खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो आपके लिए नहीं है सबके लिए आप चाहे कुछ करो या ना करो आप सोते रहो पूरे दिन 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो उल्टे सीधे काम करते रहो पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी सबसे पहले इस चीज को समझना है अब और यही मेरे इंसेशन का मोटिव है कि आपको जगाना मैं जागा अपनी जिंदगी में मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूँ उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो करना क्या है सबसे पहला स्टेप क्या है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डाल की माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसकी वजह से नहीं कर पा रहा उसकी वजह से नहीं कर पा रहा दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है कुछ भी नहीं बदलना है दोबारा बोलूंगा कुछ भी नहीं बदलना है सिर्फ खुद को बदलना है आप बदल गए अंदर से पूरी तरह से बदल गए सब कुछ अपना बदल गए